सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू और कश्मीर स्टेट था फुल स्टेट था, उसको यूटी बनाया गया, वो बिल्कुल हम उसके खिलाफ नमस्कार आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से यूटी बनाने और यहाँ से अनुच्छेद तीन हटाने के विरोध में कांग्रेस सीनियर लीडर जयराम रमेश जी ने आवाज उठाई है उन्होंने कहा जो बिल 5 अगस्त 2019 को लाया गया और पारित किया गया लोकतांत्रिक तरीके से नहीं किया गया जबरदस्ती किया गया फूल मेजोरिटी था लोकसभा और राज्यसभा में इसका इस्तेमाल किया गया बिना विचार विमर्श के बिना प्रावधान के बिना एग्जामिनेशन के बिना विश्लेषण के इस बिल को पारित कर दिया गया उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था उसको यूटी बनाया गया बिल्कुल हम इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में फिर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हो और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए जयराम रमेश जी ने आगे कहा अब सवाल अनुच्छेद तीन का आता है हमारे संविधान में अगर आप अनुच्छेद तीन देखेंगे और पढ़ें तो यह मिजोरम मणिपुर मेघालय त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश गोवा सिक्किम आसम के कुछ इलाके कर्नाटक के कुछ इलाके हैदराबाद रीजन भारत के इन क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद इकहत्तर में विशेष प्रावधान किए गए हैं यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद आर्टिकल 371 देखें, वन देखें और पढ़ें। मिजोरम, मणि